अब तो को आवा वासी ऊपर लिंगोना जैसेवा को वसी हिरा सुना जैसे वा को वसी ऊपर लिंगो ना सेवाना सेवा को यसग गाना